आज यानी तेईस सितंबर को नेशनल सिनेमा डे के मौके बर, 4000 पर एमआईए आई ए चार हजार सिर्फ पिछहतर रूपए में पिक्चरें दिखा रहे हैं जी हाँ और इसमें पीवीआर वी जैसे कई सारे तमाम थिएटर भी शामिल हैं, जहाँ सिर्फ पिचत्तर रूपए में मूवीज दिखाई जा रही हैं। और इसके एडवांस बुकिंग ने भी बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है तो क्या आपने भी नेशनल सिनेमा डे बनाया